و اللہ मदहून सल्ला रसोल कर करीम अम्माबाद एक बहन ने सवाल पूछा कि अपनी बेटी का नाम शही और सवीदा में से कौन सा नाम पसंद होगा अच्छा होगा इसका मतलब क्या है क्या ये रखना मुनासिब है या नहीं है याद रखिएगा शहरा का मतलब बनता है मशहूर जिसकी शहरत ज़्यादा हो नामवर जिसको जानते हूँ लोग और संगीदा का मतलब कनात करने वाली कनात करने वाली ज़्यादा अच्छा माना है बारिसत शहीरा के लेकिन अगर इसकी बजायबियात के नाम आपको बताऊं वो रख लें तो सबसे बेहतर है मसलन यसीरा सबिया का नाम है हज़ीलाबिया का नाम है हमीना सब का नाम है वसीला सहबिया का नाम है मुतिया सब़िया का नाम है उम मु सहबिया का नाम है नफीसा सहाबिया का नाम है फ़री सबिया का नाम है फरवा सब़िया का नाम है क़ुरतलाइन सब का नाम है करीबा सहबिया का नाम है मर्जिया सब़िया का नाम है लुबना और लबीना ये सहाबिया का नाम है लुबा सब़िया का नाम है कब्शा करीमा सब़िया का नाम है फारिया फ़री दोनों सहाबिया का नाम है फरवा यह भी सहाबिया का नाम है इसी तरह ओैयमरा और अमीरा इस साहबिया के नाम है तो इनमें से किसी एक नाम के नाम का इंतबाब करेंगे तो चूँकि नबी करीम सल्ला वल्म केशाद ग्ररामी है कि अपने बच्चों के नाम अम्बिया के नाम पर रखा करो तो बच्चों के नाम अम्बिया पर रखने के नाम का मतलब यह है कि यानि अच्छे लोगों के बुजुर्गों के नाम पर नाम रखो पसंदीदा बरगदीदा और अल्लाह के पसंदीदा बंदुओं के नाम शामिल रखो तो इसी तरह हमारी बहनों के लिए भी वही होगा कि हमारी बरगदीदा पसंदीदा बंदी हों के जो नेक खात गुजरी हैं नेक नाम और परेजगार अल्लाह बालियाँ और अल्लाह के करीब जिनको अल्लाह का कुर्म मिला इंतहाई नेक औरतों में से और परसा औरतों में से और वो जिनको विलायत के दर्जे को पहुंची, उनके नामों में से हमारी बहनों को चाहिए कि अपनी बच्चियों के नाम उनके नामों पर रखें तो कुछ नाम मैंने बता दिए मजीद भी अगर आप पसंद तो फरमेंगे तो और बता दूँगा लेकिन इन में से किसी एक का इंतबा कर नहीं है बेहतर बनस्बत उसके जो आपने शहरा भी रख सकती हैं संविदा भी रख सकती हैं लेकिन यह बेहतर जुम्मन ने आर्ज़ किया मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे बहनें हमारे हर पैगाम को ख़ुद भी सुनेंगे दूसरों को भी सुनाएंगे खुद भी अमल करेंगे दूसरों को भी कराएँगे um mm -hmm.